छह महीना जी, कर... जी, जी, जी, जी ये भी मिलेगा ये पचास रूपए का चार पीस पचास रुपए नमस्कार सर जी आदा आपका स्वागत है हमारे खास ब्लॉक में तो सर सबसे पहले दुकान का नाम और एड्रेस यहाँ पे कैसे आना हो बताएँ जी हमारी दुकान का नाम हुआ शाहनवाज इमिटेशन ज्वेलरी मेरा जी, नाम मोहम्मद शाहनवाज और किसी को भी आना हो हावड़ा से पाँच मिनट लगेगा और सियालह से दस मिनट कोई भी उतर के कॉल कर ले और तिरपाल पट्टी बर्बन रोड बोलना है उसको किसी को भी बस में या टैक्सी में वन ओल्ड चाइना बाजार स्ट्रीट ग्राउंड फ्लोर में अपनी दुकान है लास्ट वाली अपनी दुकान है मार्केट में घुसते ही कोई सीढ़ी या कोई लिफ्ट नहीं पकड़नी है ठीक है जी तो भैया आज हम जैसे कॉस्मेटिक अपना सारे आइटम दिखाने वाले हैं तो कॉस्मेटिक में अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे आइटम होती हैं और किस क्या क्या क्वालिटी ये मेरे पास तो सारे ही आइटम हैं आपको मैं अलग अलग वीडियो बनवाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत आइटम है दिखा नहीं पाऊंगा एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी मेरे पास आप कॉस्मेटिक इमिटेशन ज्वेलरी बिंदी हेयर एसरी चूड़ी बैंगल सब कुछ मिलेगा कोई भी निशंकोच है और सिर्फ होल करते हैं हम लोग रिटेल नहीं करते हैं ये बात सभी ध्यान में रखे ठीक है और हमारी पास मिनिमम ऑर्डर कितना रखेंगे मिनिमम का है कोई घर बैठे मंगा सकता है वीडियो कॉल के जरिए आज डालेंगे कल माल मिल जाएगा एक दिन में डिलीवरी देते हैं एक दिन में डिलीवरी देते यहाँ पे नहीं आना वो के भी जी, दिखा जी, दिखा हाँ, हाँ, और आए तो सबसे बेस्ट है आने से वो उसको सब देख सकता है हाँ, जो इसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी कोई भी हो ठीक है हां जी भैया आज के कहां से शुरुआत करेंगे हम इमिटेशन ज्वेलरी दिखा रहे हैं आपको टॉपेप okay, वगैरह जैसे ये सब चार रुपये जोड़ी है इसमें बहुत सारा आइटम है आप देख सकते हैं ये चार पे जोड़ी पड़ेगा इसमें डिज़ाइन कलर्स काफ़ी बहुत मिल, मिल जाएंगे बहुत है डिजाइन हमारे पास इस टाइप का भी आएगा एक स्टोन भी बहुत दिखता है ये आपको डेढ़ रुपये जोड़ी का है डेढ़ रुपया जोड़ी पड़ेगा इसमें छोटा बड़ा जैसा साइज लेना चाहिए मिल सकती है आराम से ₹10 बिकता है ₹10 में। और इस टाइप के भी एयरिंग आएंगे दो सौ सोलह रुपये डजन अट्ठारह रुपया इसमें कलर बहुत सारा डिजाइन मिल जाएगा आप ठीक है अच्छा भी हमारे विवाह जैसे ऑनलाइन कोई मंगाता है तो मिक्स करके मंगा सकते हैं हाँ ये एक बॉक्स ले सकते हैं आप एक डेन एक का बॉक्स है वो बॉक्स ले ठीक सकते एक बॉक्स में कितने आते हैं बारह पीस आएगा बारह पीस आएगा जैसे ये है देखिए अब चैन लॉकेट पंद्रह रुपये का है ठीक है आराम से तीस रुपये इसमें भी डिजाइन बहुत मिल जाएगा काफी डिजाइन मिलेंगे फिंगर रिंग भी मिल हमारे पास पाँच करके बहुत सारे आइटम आएंगे इसमें भी ठीक है इसमें पाँच रुपये में काफ़ी डिजाइन बहुत आइटम आएगा जिसको जैसा साइज चाहिए साइज मिल जाएगा छोटा बड़ा इस टाइप के चिक वगैरह आएंगे ठीक है ये कितने का पड़ता है ये अस्सी रुपये का है इसमें कलर आपको बहुत मिल जाएगा ठीक है डिजाइन भी मिल जाएगा इस टाइप के गोल्डन सेट चाहिए गोल्डन सेट भी मिलेंगे एक से है एक से जी आराम से छः महीना गारंटी दे बेच सकते हैं इसमें डिजाइन आपको बहुत मिल जाएगा एक सौ 120 से लेके कहाँ तक की रेंज आती है इसमें पाँच 500 600 तक है ये एक सौ तीस का है देखिए इसमें भी कलेक्शन बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे आपको तो। इनकी भी 6 महीने की वारंटी है 6 महीने वारंटी है आराम से जिस दिन बेचिए डेट लिख दीजिए ठीक इस टाइप के भी चीख है बहुत आइटम मिलेगा ज्वेलरी में भी बहुत एयरिंग अंगूठी पायल बिछिया बहुत सारा आइटम है चीख वगैरह सब आएगा इस टाइप की फैंसी एयर चाहिए तो फैंसी भी मिलेगी खोल के एक दिखा देते हैं ये बहत्तर रुपये पड़ेगा इसमें जितना कम का चाहिए कम का भी मिलेगा बढ़िया चाहिए बढ़िया भी मिलेगा मतलब कम से कम लेके, से लेके ज्यादा से ज्यादा तक सारी आइटम आपको मिल जाएगी। आप छः पीस भी ले सकते हैं कलर मिला के कलर मिला के छ पीस भी मंगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये भी आएगा देखिए झुमकी है बीस की है इसमें कलर मिल जाएंगे बहुत सारे ठीक है कलर डिजाइन सब मिल जाएंगे आप और चैन भी मिलेगा हम लोग के पास चैन का भी बहुत सारा आइटम आएगा तीन रुपये पीस से है छत्तीस रुपये के दर्जन है तीन रुपये पीस से स्टार्ट है अब जितना ऊपर जाइए पंद्रह रुपये बीस रुपये दस रुपये पाँच रुपये हर रकम का पूरा आइटम पूरा जैसे पूरा क्वालिटी है उसमें वैसे हिसाब से प्राइस वैस मिल जाएंगे चैट की रिंग वगैरह आएंगे साठ रुपये डजन बहत्तर जो आपको बहुत सारे रेंज और भी बहुत मतलब बॉल रिंग बोटी रिंग मतलब क्वालिटी जितनी है, है, है कि एक वीडियो में हम ज्यादा दिखा देते हैं ये सब आपको एक सैंपल दिखाया कि ये सब आएगा स्टैंड जूम का ये छः रुपये से स्टार्ट है बहत्तर रुपये डजन छः रुपये से स्टार्ट है जितना ऊपर जाइए आप दस रुपये आठ रुपये पंद्रह रुपये बीस रुपये इस टाइप के भी आएंगे ज्वेलरी मतलब है देखिए कि ये किस रेंज से स्टार्ट ये 180 रुपए से स्टार्ट है पंद्रह रुपये की है पन्द्रह रुपए जी ये पैर का अंगूठी आएगा पाँच रुपया जोड़ी से स्टार्ट है ठीक है गोल्डन अंगूठी भी आएगा पायल भी आएगा बहुत सारे आइटम है आइटम का कोई कमी नहीं और सेट भी आएगा गला का दिखा देता हूँ ये 36 का है इसमें कलर आपको मिल जाएगा अलग अलग ये सर माँ तो जी छत्तीस का है इसमें कान का भी है और गला का भी है बहुत सारा डिजाइन है यहाँ पे डिजाइन पूरा मिलेगा अभी बस आपको, आपको दिखा देता डिजाइन काफी है बहुत सारे आइटम है इस टाइप की ब्राइडल सेट भी मिल जायेंगे आपको ब्राइडल, ब्राइडल ये दो सौ बीस रूपए में है देखिए दो सौ बीस रूपए इसमें बहुत सारा आइटम आएगा दो सौ अढ़ाई सौ तीन सौ चार सौ तक बहुत सारा आइटम मिलेगा इसमें गोल्ड सिल्वर मिक्स कलर सब ब्राइडल भी हो आपके पास जी बहुत सारा आइटम है आप देख सकते है बहुत आइटम मिलेगा कमर का भी मिलेगा हमारे पास ये देखिए सेवेंटी फाइव दो लाइन चेन आएगा इसमें इसमें सिंगल लाइन आएगा चालीस रूपए का ये चालीस का है।, का है यहाँ पे रेंज पूरा मिल जाएगा आपको रेंज की वराइटी की, की कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है और जैसे ये ऑक्सोडाइज अभी चल रहा है ऑक्सोडाइज का भी आइटम मिल जाएगा ये देखिए अठारह रुपया पड़ेगा दो सौ सोलह रूपये बहुत सारा आइटम मिल जाएगा आपको डिजाइन में बैंगल्स भी देख रहा हूँ बैंगल्स भी आपके पास मिल ये हल्दी वाला हो गया सेट हाथ का भी है टीका भी है कान का भी है गला का भी है इसमें बहुत सारा और भी कलर डिजाइन जी का है। ये 75 75 चार्ट चार्ट है। रुटीस, रुटीस। जी है है। इस टाइप के भी हम लोगों के पास सेट है चालीस रूपए की चार सौ अस्सी रुपए दर्जन इसमें भी बहुत सारा आइटम मिल जाएगा आपको और गला का भी आएगा और डिजाइन तो सब अलग अलग आएंगे इसमें डिजाइन तो इतने एक वीडियो में लिखा भी नहीं सकते इस टाइप के भी झुमके वगैरह आएंगे चौदह रुपए का है देखिए चौदह रुपये जिनकी कुछ गारंटी भी रहती हाँ तीन महीना तीन महीना आराम से दे सकते हैं आप तीन महीना इसमें भी डिजाइन आपको बहुत मिल जाएगा सारे अलग अलग डिजाइन मिलेगी बड़ा छोटा एक चेन दो चेन बहुत सारा आइटम बेंगल्स भी हम लोग रखते है ये, ये भी आपको डिज़ाइन दो सौ बीस रूपए का है आ, ये ब्राइडल ज्वेलरी मतलब चूड़ी ठीक है इस टाइप के शाखा पोला भी मिलेंगे हम लोग के पास ये छह रुपया खरीद तो पड़ेगा आराम से बीस रूपया पच्चीस रूपया बेच सकते हैं, पोला पोला पोला हैं। है ये बोलते ये बहुत डिमांड है यहाँ कोलकाता में ये हुआ बच्चे लोग का चूड़ी एक सौ अस्सी का पूरा बॉक्स है पंद्रह खरीद पड़ा आप तीस रूपया पैतीस रूपया बेच सकते हैं इसमें सिल्वर है ये गोल्डन भी आएगा इसमें इस के भी आएंगे हेलमेट चूड़ी वगैरह ठीक है जी ये कलर, कलर आपको आ, कलर सारे बहुत कलर है अभी तो हम दिखा नहीं पाएंगे बहुत कलर है ये ब्रेसलेट भी आएगा ठीक है ये दो सौ सोलह रूपये डजन है अठारह रूपये का अठारह रूपये आराम से तीस रूपए पैतीस रूपए का आएगा ये सब आएगा देखिए एक रुपए चालीस रूपये का बॉक्स है सत्तर रुपये पड़ा आपको एक 120, 120, एक सौ बीस एक साइड पूरा ये सत्तर रुपये सत्तर रुपये बॉक्स मिलेगा ये जो जिसको भी मिलेगा बॉक्स मिलेगा एक सौ चालीस रुपये का ठीक है भैया और भी पोला का आइटम हम दिखा देते हैं ये देखिए पंद्रह रुपये का है आराम से तीस रुपये पैंतीस रुपये में बेच सकते हैं आप ठीक है। इसके अंदर कलर डिजाइन बहुत सारे आइटम और ये भी देखिए चूड़ी है एक का इसमें भी कलर आप देख सकते हैं साइज भी मिल जाएगा कलर भी मिल जाएगा अच्छा भैया जैसे ब्राइडल भी बना के आप दे हाँ हाँ बनवा सकते हैं लेकिन क्वान्टिटी क्वान्टिटी एक दो पीस नहीं दे पाएंगे कम से कम तो पचास पीस तो लेना होगा क्वान्टिटी अगर जो खुद से बनवाना चाहे इस टाइप के भी गारंटी चूड़ी भी चाहिए सिक्स मंथ वाला ये भी मिलेगा खोल के हम दिखा दे रहे हैं वारंटी चाहिए पचास रूपए का चार पीस है पचास रुपए इसमें डिजाइन आपको मिल जाएंगे और बहुत आइटम है आप देख सकते हैं पूरा। बस तो आइटम की कोई कमी नहीं है ब्राइड तो वरायटी आप देख सकते हैं कितनी सारी आपको डिस्प्ले में दिखे जो बोलते हैं ये बाहुबली चूड़ी है बाहुबली ये, ये भी बड़ा सब, मिल सब मिल जाएगा आपको 45 रुपीस का है। ठीक है। और बहुत आइटमीटेशन ज्वेलरी गलाट का पूरा पायल भी है पायल भी हम दिखाते है पायल पैर का अंगूठी एक आइटम दिखाते दो सौ सोलह रुपए का डजन है ये पायल है इसमें बहुत सारा आइटम मिल जाएगा आपको कम दाम बेसी दाम नहीं नहीं? कम दाम का दुल्हन पायल बहुत सारा आइटम है पायल में भी मिल जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं हमारे शॉप में बहुत कुछ टीका तो। वगैरह हर कुछ मिलेगा टीका भी दिखा दे ये हुआ देखी। ये है और टीका भी मिलेगा इसमें गोल्डन भी मिलेगा स्टोन वाला भी मिलेगा मिल जाएगी हो गया इसमें भी बहुत तो भी बहुत है। बहुत बहुत सारा आइटम आइटम आइटम मिलेगा ही है है है दिखाने के लिए बहुत है, लेकिन मैं आपको थोड़ा तो सा पावर भी, भी करा देता हूं। एक वीडियो के माध्यम से सारी वे दिखाने सकते अगर लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी फिर भी आई वैरायटी कवर नहीं हो पाएगी तो भैया और कुछ दिखाने भी आएंगे देखिए में बड़ा छोटा हम डिजाइन दिखा दे रहे हैं आपको तो इसमें तीस रूपए से स्टार्टिंग है आप जितना ऊपर तक जाइए से लेके ऊपर ऊपर जितना इस टाइप के चेन वाले हर रकम का आइटम मिलेगा और बाहुबली जो होता है बाहुबली वो भी दिखा देगा चलता है तो मंगाना बाहुबली एयरिंग है के दिखा दे रहे हैं। बाहुबली इस टाइप के भी कलर डिजाइन बहुत सारा मिले इसमें भी साठ रुपए से स्टार्टिंग है अब जितना ऊपर तक जाइए हर रेंज मिलेगा हर डिजाइन मिलेगा हर डिजाइन हर कलर जो भी कलर इसके अंदर मिल जाएगा तो इस टाइप के भी आएंगे हम लोग को दो सौ सोलह रुपया बॉक्स आएगा इसमें कलर आप देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन बहुत सारा इसमें भी डिजाइन की इसके अंदर भी कोई कमी आएंगी कोई कमी नहीं है आइए समझ में आ जाएगा आपको खुद देखिए नया से नया आइटम मिलेगा आपको तो यही बस कोशिश कीजिए सबसे जो शॉप पर आके यही विजिट कीजिए तो शॉप पर आएंगे तो आपको वराइटी अपने आप जब भी समझ में आएगी अगर जो नहीं आ सकता आप वीडियो कॉल करते भी ऑर्डर दे सकते हैं